क्या तेरी जहां तबाक क्या तेरी कर हो धड़कन के खबर लग देखो तो आज ओ फैली बात लगवा दे तबीयत तो खराब है तो पता करना चाहिए निक मिनट आप इधर पीछे हो जाओगे इधर आ अरे वो आप अंदर लगा लगा ले। पैर पैर पैर उसकी दो। अपना डी एस एल आर लागल है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स सेवन सेवन ट्वेंटी सेवन भाई टाई खोल दो एक दो तो, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह तीन चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बाईस तेईस चौबीस तीस छब्बीस ताईस उनतीस तीस इक्तीस बत्तीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस चालीस चालीस बयालीसतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास इक्यावन नौ तिरबन बावन बावन मैंने तेरे लेकिन तो पूरा बस बस भाई तुम यूज न्यादव जिंदाबाद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 छब्बीस सत्ताईस अटाईस उनतीसौ दो तीन चार पाँच छः सात असली असली असली असली, असली आई एस आई मार्ग का अठारह बीस बाईस पच्चीस अट्ठाईस चालीस पैंतालीस साठ अस्सी पंचानवे डेढ़ सौ बाईस गाना बजाओ ये गाना बजाओ <threatened question> <कर> <lugares> <देदेख> तो सुन नहीं फिर चलो कोई नहीं आप ऐसे ही कहो अरे हमारे तरफ तो सुना दो ना कोई भी लिरिक्स दे हम आपको लिरिक्स दे देस दे सुनाइए ना मर नहीं हुआ और दूल तो भाई बा भा, मतलब अलग सुनाते हैं यार लिरिक्स अलग दे मैं चलो यार ये देगी आदमी है मतलब एक्शन कट क्या होता है जादू दिल जा तो न खुद के कहे और यार बाबर कोई नहीं कोई नहीं थैंक यू तो भाई फाइनली मतलब वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया है और हम आ चुके हैं अपने रूम में तो देखिए जो हमारा रूम है कुछ इस टाइप का दिखता है जो हॉस्टल कहा जाता है तो देखिए ऐसा हॉस्टल में मिला हुआ है और बेड है जो कि एक के ऊपर एक है एक बेड पे दो बंदे सो सकते हैं और एक रूम में कम से कम बीस आदमी है हमारे टुन यादव जी है जो कि वीडियो बना रहे हैं और ये हमारा रूम का एंट्री पॉइंट है यहाँ से आप अंदर जाइएगा और देखिए ऐसे और यहाँ पे जो है ऊपर मैं सो रहा हूँ राइट साइड में और बाकी इधर बाकी मेम्बर जब है, है जो वीडियो कॉलिंग पे है इस देखिएगा दिमाग खराब हो जाएगा मनीष मनीष नहीं दो दो दो दो ये वीडियो बना रहे हैं और ये यूट्यूबर है आप, दो आप दो मेरे यूट्यूब वीडियो डालिए अगर आपको अच्छा हो मुझे बता कर, कर सुन दिमाग खराब हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा ये वीडियो बना रहे इनका यूट्यूब आप सब्सक्राइबर बनाने आरोप हो जाएगा टेंशन नहीं कर <laughs> लूंगा लेकिन ये अभी मेरा वीडियो बना रहे हैं कि एक बंदा है बिहार से जो दिल्ली में आकर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने आया ऐसा महसूस करा रहा हूँ ये मेरे नए दोस्त बने पहले दिन सब लोग चारों लोग बिहार से है पहले दिन ही पहले दिन पहले दिन पहले दिन ही हम लोग बहुत अच्छे दोस्त में आ गए है तो ये है हमारे हमारे दोस्त कुछ जो आज ही बने हैं वो है भाई नहीं। कोई नहीं लाइट नहीं है समझ जाएंगे यार। से पहले ना हमने। <laughs> तो और तो जो भाई हमारे मिले बहुत अच्छा लगा भाई से मिल के सब बिहार से ही है हम सब ठीक है तो बिहार का एक समझ सकते हो गाइज अपना अलग ही नाम होता है कहीं भी मिलेंगे बिहार तो भाई बिहार है और वहाँ के लोग तो यहाँ दिल में होते हैं भाई जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ के दोस्त आपको मिल जाए जो खुशी होती है ना यहाँ पे वो आपकी यहाँ पे पहुँच जाती है, तो है। सब कोर्स करके उम्मीद करते हैं कि एक साथ आगे बढ़ें बढ़ेंगे जा तेरी वे बिया बिंदगी जुदा किया कहा जा सजा भिक्ती तेरी वफा कुबे पप्पा की याद बार जिंदगी Of us. गाइस मैं जो अभी थोड़ा सा अभी जैसे कि आपने देखा गिटार बजा रहा था तो हमारे साथ एक हवाई है वो गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में तो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं तो मैंने उनसे लेकर थोड़ा सा ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था बजाने की मुझे तो बिल्कुल भी नहीं बजाने लेकिन अच्छा लग रहा था बजाने में जैसा कि आपने देखा वीडियो में ठीक है तो मैं भी ट्राई कर रहा था ताकि आप वीडियो को देख ही रहे हो और देखा भी है तो कैसा लगा वीडियो देखा है अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार क्योंकि तो मुझे पता है कि वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनती है लेकिन धीरे धीरे ट्राई करते करते और बेटर बनाना शुरू कर दूंगा तो थैंक यू सो मच इतना ही बोलना था और मिलते हैं ऐसे ही हॉस्टल के ब्लॉक के साथ क्योंकि मैं हॉस्टल में हूँ कहीं पर ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो आपको आगे भी दिखाऊँगा कैसी लाइफ है हॉस्टल की ठीक है यहाँ पर अभी ट्रेनिंग के लिए मैं आया हूँ तो पता ही चलो मिलते हैं नए ब्लॉग में